एंड गाइस आज वीडियो के, के अंदर हम मैगी बनाने वाले हैं वो भी इस कुएं के अंदर गाइस आप लोगों ने मैगी होटल होगी होगी या फिर घर पे होगी। लेकिन आज वीडियो के अंदर हैं इस के अंदर अंदर और और फिर जाकर मैगी बनाएंगे कितना मजा आता है

finally <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>